मार डालूंगा तेरे को मैं क्यों बिलन तू अबे खड़े खड़े तमाशा हो जाएगा क्यों मदारी है तू मैं बोल रहा हूँ मैंने अपने हाथ में चूड़िया नहीं पहनी है क्यों विधवा है तू विधवा एक काम करता हूँ मैं तेरे को ही तेरे बत्ती ऐसी गुल करता हूँ क्यों डेंटिस्ट है मसल के रख दूंगा क्यों तमबाकू है तू ऐसा मारूंगा सब हजम हो जाएगा हजमूला है तू अब मेरा हाथ उठेगा क्यों बिखारी है तू आज स्ट्रेक्चर पे लेटा के ही रहूंगा क्यों कंपाउंडर है तू आज सबके सामने तेरा कचरा करूँ क्यों रद्दी वाला है तू